what kind of dog is that am mai kutta nahi hu mai aul hu aul ullu ullu tujhe pata nahi hai mai raat ko dekh sakta hu lekin teri to band mai subah marunga ke kya yaar kahan se aa jaate hai yaar usse is bande ki video bahut zyada chal rahi bhai bahut zyada memes se to viral hoti hai tujhe next next video